नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मिथुन राशि के जातकों का दिसंबर का माह कैसा जाएगा दिसंबर माह को शुभ बनाने के लिए क्या ऐसा दिव्य प्रयोग करें कि इस माह में शुभता में वृद्धि हो इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खास करके दिसंबर माह में वो अगर ये उपाय कर ले तो धन संबंधी जो भी इनके जीवन में बाधाएं आ रही होंगी वो छूमतर हो जाएगी दूर हो जाएगी आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिवादन इस चैनल को आप लोग इतना ज्यादा प्यार सम्मान दे रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुफ्त में पैसा नहीं देने का तो चिंता की कोई बात नहीं है दैनिक राशिफल हमारा डेली देखा करिए और उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना है उस वीडियो को लाइक करना है और उस दैनिक राशिफल में जा करके आपको अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी टाइम और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ जो भी आपके प्रश्न का उत्तर है वो आप वहाँ पर लिख छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट डे के राशिफल में प्रयास करेंगे कि जो हमारे जो है दो भाग्यशाली विजेता हों उनमें आप शामिल हो और आपके प्रश्नों का हम उत्तर दें इसके साथ साथ वार्षिक राशिफल 2020 हजार हमारे चैनल पर मिथुन राशि के जातकों का पड़ गया है अंक ज्योतिष से संबंधित भी राशिफल इस चैनल पर पड़ चुका है इसके साथ साथ शनि का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 24 जनवरी 2020 को इससे संबंधित वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है जुपीटर का राशि परिवर्तन हो चुका है तो इन सभी चीज़ों से संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दिया है जयपुर में इक्कीस और बाईस दिसंबर में हमारा आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक जयपुर से हैं आप लोग हमसे आ कर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं वहीं 28 और 29 तारीख को दिल्ली में आ रहे हैं तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग मिल सकते हैं तो दर्शकों चलिए आगे बढ़ते हैं दिसंबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इस पर भी एक हम दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए एक तारीख को रविवार दिन रहेगा और विवाह पंचमी रहेगी दो तारीख सोमवार दिन रहेगा और चंपाषष्ठी रहेगी वहीं दर्शकों आठ तारीख को जो है रविवार दिन रहेगा मोक्षदा एकादशी नामक व्रत रहेगा मत्स्य द्वादशी भी इसको बोलते हैं और गीता जयंती भी बोलते हैं वहीं नौ तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा ग्यारह तारीख को पूर्णिमा का उपवास रहेगा और दत्तात्रेय जयंती भी रहेगी रोहड़ी व्रत जो लोग भी रहते हैं ग्यारह तारीख को आपको रहना रहेगा इसके साथ साथ दर्शकों बारह तारीख को अन्नपूर्णा जयंती त्रिपुर भैरवी जयंती रहेगी पंद्रह तारीख को रविवार संकृष्टि चतुर्थी रहेगी वहीं सोलह तारीख को सोमवार दिन रहेगा और धनु संक्रांति धनु संक्रांति क्या है बेसिकली देखिए सूर्य देव वृश्चिक राशि में चल रहे हैं जैसे ही ये सोलह तारीख को धनु राशि में आएंगे तो धनु संक्रांति इसको बोलते हैं इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि बाईस तारीख को सफला एकादशी नामक व्रत रहेगा साल का सबसे छोटा दिन भी होता है तेईस तारीख को सोमवार दिन रहेगा प्रदोष व्रत रहेगा वहीं पच्चीस तारीख को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 तो ये तो था इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार अब चलते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह के राशिफल पर लेकिन राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले हम प्रारंभ में ही आपको लक्ष्मी प्राप्ति से संबंधित वो दिव्य अमोघ प्रयोग देना चाहते हैं तो आपको करना क्या है देखिए मिथुन राशि के जातकों सबसे पहले आपको करना ये रहेगा कि जितने भी शुक्रवार पढ़ेंगे इस मंथ में दिसंबर माह में जितने भी शुक्रवार पढ़ेंगे शुक्रवार वाले दिन आपको श्री सुख लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना रहेगा और पूर्णिमा वाले दिन आपको बेलपत्र और देसी घी से हर एक ऋचाओं का हवन करना होगा जैसे श्री सूक्त की पहली ऋचा है ओम हिरण वर्णाम हरणीम सुवर्ण अरजतम चंद्राम लक्ष्मी जातवेदो मा आवाहा ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा तो आपको बेलपत्र और देसी घी जो है एक में रखना रहेगा डिप करके और अग्नि में आहुति डालनी है स्वाहा बोलना है यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित जी को हायर कर लीजिएगा बहुत ही बेस्ट उपाय है यदि आप ये जो है क्या कहते हैं चारों शुक्रवार को जो है श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त का पाठ करते हैं और 11 तारीख को पूर्णिमा वाले दिन इसका हवन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप यदि व्यापारी हैं यदि आप बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने से कोई नहीं रोक सकता दूसरा आपको एक प्रयोग और बता रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति का ओम श्रीम श्रेय नम ये मंत्र है इसका मानसिक जाप आपको हर समय करते रहना है फिर चाहे आप बैंक में जाएं अपनी पासबुक या पैसा जमा करने ओम श्रीम श्रेय नम मानसिक रूप से आप इसका जाप करिए किसी को पैसा आपको मंगलवार वाले दिन नहीं देना यह आपको विशेष ध्यान रखना है तो ये तो था लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ा हुआ प्रयोग अब बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों की ओर तो देखिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कर लेती है आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए राहु देव मिथुन राशि में चलायमान है गुरु शनि केतु ये धनु राशि में चलायमान है सूर्य और बुद्ध वृश्चिक राशि में है और सूर्य देव 16 तारीख को फिर जो है ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे मंगल सात नंबर जहाँ पर लिखा है तुला राशि में चल रहे हैं और शुक्रदेव अष्टम स्थान अर्थात मकर राशि में चलायमान है तो दर्शकों इस ग्रह ग्रही गोचर के आधार पर ही ये राशिफल हमने तैयार किया है तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बेहतर होगा कि यदि वो पूरे महीने अपने कैरियर पर फोकस रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपके सेवेंथ हाउस ऑफ करियर के लॉर्ड अब स्वग्रही हो गए हैं मतलब देवगुरु बृहस्पति अपने घर में आ गए हैं तो यदि अभी तक आप बेरोजगार थे आपको नौकरी नहीं मिलती थी एग्ज़ाम में आपका सलेक्शन नहीं होता था तो इन मामलों में आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं है करियर पर फोकस करिएगा अच्छे से एग्जाम दीजिएगा साक्षात्कार दीजिएगा आप सफल होंगे सोशल लाइफ आपका ध्यान कुछ भट, भटका सकती है लेकिन मेरी अपनी पर्सनली राय है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और काम को डिस्टर्ब ना होने दें करियर को सही दिशा देने के लिए ये समय अब आपके लिए बिल्कुल सही है इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत रहने वाली है देख लीजिए यहाँ पर सप्तम स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि आय के घर पर दे रहे हैं तो इनकम से रिलेटेड मामलों में अब आपको सफलता मिलेगी आपकी कुंडली में तेरह महीने के लिए हंस महापुरुष नामक योग बना हुआ है तो आप लोग मेहनत करिए मिथुन राशि के जात को इस योग को आप लोग फलित करिए इस योग को आप लोग फलित करिए तो ज्यादा ठीक रहेगा तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी खास करके स्टॉक मार्केट से यदि आप जुड़े हैं तो इस महीने आपको जरूर अच्छा फायदा होगा जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस महीने अपना प्यार मिल सकता है प्यार के मामलों दिसंबर का माह मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है देखिए जो छठा स्थान होता, होता है और आठवां स्थान होता है बारवा स्थान होता है ये जो त्रिक भाव होते हैं ये काफी परेशान करते हैं छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है आठवां स्थान अकाल मृत्यु का होता है और बारहवा स्थान भी होता है ये सयासुख का होता है तो इस बार आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी खानपान का आपको विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं थोड़ा सा जो है सावधानी पूर्वक यात्राओं पर भी जाइएगा अन्यथा आपकी जो है जो डाइट बदलेगी उसके कारण आप फूड पॉइजनिंग के शिकार भी हो सकते हैं इस महीने मिथुन राशि के जातकों को जो है अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ मंथ के आखिरी महीने में यथार्थवादी रहना होगा दिसंबर में भी मिथुन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें ठंड लग सकती है तो आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हुई दिखाई पड़ रही है दिसंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए जो है खास करके यदि हम बात बताएं तो परिवार में भी सुगमता का संकेत लाने का महीना है क्रिसमस के दौरान आपको सबसे अधिक आनंद आएगा इस माह मिथुन राशि के जातक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से मिलेंगे जो सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रखते हों वो आपके कार्य सिद्ध कराएंगे इसके साथ साथ कोई नया बिजनेस कोई नया व्यापार अभी तक यदि पेंडिंग था तो इस माह मिथुन राशि के जातक शुरू करते हुए दिखाई पड़ रहे कठोर प्रयास से आप अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों की आदत है कि आप लोग अपने भुजबल पर ही सब कुछ करते हैं लेकिन एक बात और बता दें जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा उभर के आएंगे खास करके जब सूर्य क्या कहते हैं आपके ये धनुराशि में प्रवेश करेंगे गुरु शनि केतु सूर्य जब आएंगे तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी आपके मन में उनके प्रति कुछ बैमनस्य आएगा कुछ शंका रहेगी आपके जो है जीवन साथी के प्रति आपको तो इन चीज़ों से आपको बचना रहेगा इस मास में आपके कार्यों में सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा व्यावसायिक बाधाएं तथा आर्थिक कठिनाइयाँ समाप्त होंगी परिवार से भी देखिए आपको आर्थिक सुख सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग इस माह बन रहे हैं आय के नवीन साधनों से धनागमन आपका उत्तम रहेगा जीवन सुविधापूर्ण तथा सुखमय रहेगा परिश्रम का आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होगा यात्राओं में लाभ मिलेगा जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा आप लोग रोग से मुक्त होते हुए दिखाई पड़ संतान सुख रहेगा बहुमूल्य धातुओं का लाभ होगा किसी अपेक्षित वस्तु की समय अनुसार प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा महिलाओं के माध्यम से लाभ सम्मान तथा कार्यों में मिथुन राशि के जातकों को सफलता मिलेगी मदद मिलेगी मंथ के इंड में मतभेद आपके और वाद विवाद समाप्त होंगे घर के लिए आप लोग जो है कोई वैभवी भोग विलासता की सामग्री क्रय जो है क्रय कर सकते हैं खास करके जो कोई लोग शिक्षा अध्ययन अध्यापन में जो लोग हैं इनको कोई नई नौकरी और जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा अच्छी तथा मनोरंजक साहित्य पढ़ने से पुस्तकें पढ़ने का आपको अवसर मिलेगा जो लोग लेखन तथा संगीत में वाद्यकला में हैं उनको इस माह कोई ना कोई गिव जो है मतलब सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा ख्याति प्राप्त होगी कोर्ट कचहरी के मामलों में चली आ रही जो बाधाएं थी इसमें मां दूर होगी तो कुल मिलाकर के ये जो मां रहेगा ये आप लोगों के लिए ही रहेगा इसके साथ साथ दर्शक को बताना चाहेंगे कि इस माह कोई वाहन दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है तो आपको बहुत ज़्यादा बचने की यहां सितारे सलाह दे रहे हैं अब चलते हैं इस राशिफल के अंतिम पड़ाव की ओर और, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लकी डेज रहेंगे ये हम आपको बता देते हैं तो एक तारीख है तीन तारीख है और चार तारीख है फिर छः तारीख है नौ तारीख है ग्यारह तारीख है चौदह तारीख है सोलह तारीख है सत्रह तारीख है और प्रतिकूल दिवस में चलते हैं प्रतिकूल दिवस की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा अशुभ दिवस की संख्या तो पाँच तारीख आठ तारीख दस तारीख बारह तारीख उन्नीस तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख सत्ताईस तारीख पच्चीस तारीख और तीस तारीख आप लोगों को विशेष सावधान यहाँ पर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं देखिएगा जब भी आपके साथ कुछ अहित होगा तो इन्हीं डेट्स में होगा भाग्यशाली रंग पर चलते हैं तो इस माह के लिए जो सबसे ज़्यादा आपके लिए लकी कलर रहेगा ये रहेगा डार्क ब्लू कलर दूसरा वाइट कलर आपके लिए रहेगा और तीसरा पिंक कलर जो सबसे ज्यादा आपके लिए शुभ अंक रहेंगे जिस पर आप लोग लॉटरी खेलते हैं तो अंक तीन और अंक ये आपके लिए शुभ अंक रहेंगे अब हैं उपाय की तरफ तो आपको करना क्या रहेगा देखिए काली गाय को सोमवार के दिन आपको आटा खिलाना है और उसमें थोड़ा सा आपको बेसन भी डाल लेना है ये पहला उपाय उपाय हो गया और ये हर एक मंडे को करना है दिसंबर माह में दूसरा एक हम प्रयोग बताना चाह रहे हैं कार्य क्षेत्र पर निकलने से पूर्व कुछ मीठा खा करके आपको अपने कार्य क्षेत्र पर निकलना रहेगा तीसरा एक प्रयोग और बता रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रयोग है ये आप करिएगा देखिएगा दिसंबर माह कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुलाब के फूल की एक माला और एक मीठा पान एक रुपये दक्षिणे के साथ आप लोग जो है जरूर अर्पित करिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक और प्रयोग बता रहे हैं प्रतिदिन सूर्यदेव को जल में लाल रोली और लाल पुष्प डाल करके आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना रहेगा अंतिम प्रयोग एक हम आपको और बता रहे हैं देखिए प्रयोग आप लोग नोट करिए दिल खोल करके आपको बता रहे हैं फटाफट कम से कम आप इसको लाइक तो कर सकते हैं और राम मंदिर पर जो हमने भविष्यवाणी अपने इस चैनल पर की थी आप लोगों को याद होगा लगभग एक वर्ष पूर्व भी किए थे आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं राम मंदिर की भविष्यवाणी भी सत्य हुई हरियाणा चुनाव के बारे में हमने बताया था हमारे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए जा करके जो चीज हमने जैसी कही थी वो हुआ महाराष्ट्र के बारे में भी हमने प्रिडिक्शन की थी कि बीजेपी वन सीटें पाएगी पाई एनसीपी का जो बताए थे वो हुआ सरकार के लिए भी हमने कहा था कि सेवेंटी इनके योग बन रहे हैं तो दर्शकों काफी कुछ भविष्यवाड़ियाँ जो हमने की है ये बिल्कुल सत्य हुई है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है प्रत्यक्ष हम किन प्रमाणम आप लोग जाइए उसमें डेट देख लीजिएगा वीडियो अपलोडिंग की डेट तो ये आप लोग जाइए और देखिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए दिए गए हैं आप लोग इसको देख सकते हैं अंतिम उपाय पर चलते हैं और ये अंतिम उपाय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन तीन से चार बार भ्रामी प्राणायाम जरूर कीजिएगा क्योंकि जब भी चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन आएगा चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन आएगा मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे तो चार से पांच बार भ्रामी प्राणायाम जरूर कीजिए जल का अधिक से अधिक सेवन कीजिए हमारे प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार